जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीरिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीरंबज रंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबे कानन कुंडन कुंजत के ज विराजे गांधे मुज जने मुसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तीज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान कुनी अति चातुर राम काज को आतुर आतुर्घु चरित सुनिबेको रसिया राम लखन बसिया रूप धरी ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा नीम रूप असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे राय संजीवन लखन जिया रघुवीर हर शि लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तम भाई जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान सत बदन तुम रोज से गावे प्रति कंठ लगावे धन कारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित दिख पाल चहाते कभी को विद कह सके तुम उपकार राम मिलाये राजपद दीना तुम रोमंत्र विभीषण माना ईश्वर भय सब जग जाना जुग सहस जो जन पर मानो ही मधुर पल जानू प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमा ही जल दिला गए अचरचना ही दुर्गम कामान जय हनुमान जय जय हनुमान राम हनुमान। द्वारे तुम रखबारे हो उतना प्यागन पैसारे सब सुख ल तुम्हारे सरना तुम रक्षक का होकरणा तेज समारोह आपे तीनों लोग वहा प्रत्येक आप भूत प्रकाश निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुरावे मन कम वचन ध्यान जोला पर राम तपसवी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन पल पावे जै हनुआ, जै हनुआ। चारो रुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा ओ पावे जन्म जन्म के दुख बिरा अंतकाल रघु भरपुर जाये जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चित्तन करे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुट ही बंदी महासुख होई जो यह बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महटेरा